मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तू कितना खास है मेरे लिए अरे अगर तू साथ है तो सब कुछ खास ही है मेरे लिए तेरी अहमियत क्या है तुझे बार बार नहीं बताऊंगा एक बात सच कहू तू ना होगा तो शायद मैं भी ना जी पाऊंगा